ऐसे ही मजेदार गाना सुनने के लिए एसियम बॉलीवुड म्यूजिक को सब्सक्राइब करें काले शीशे काला काला siya la unda me punjabi kudia kende la la la la gur ta pacham palat palat kal क्या लाल गुरुदल